तो जी हाँ दोस्तों कैसे हैं उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं जी हाँ दोस्तों बहुत सारा मेहनत के बाद और बहुत सारा एनालिसिस के बाद जो है मैंने भी आप लोगों के लिए फ़ाइनल कट दो 2022 का बना दिया है जी हाँ दोस्तों बहुत सारा इसमें समय लगा है मेहनत लगा है और पिछले वाले जो कटअप था रिक्रूटमेंट था उसके अकॉर्डिंग भी और इस बार जो चेंजेज आया है उसके अकॉर्डिंग भी इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारा चीज बताने वाले हैं जो कि पिछली बहालियों से इस बारे में क्या बदलाव आ आ रहा है और मार्क्स uh, ऊपर नीचे हो सकता है उसका क्या कारण हो सकता है बहुत सारा लॉजिक बताने वाले हैं देखिए बिना किसी कारण का आपको इसमें जो है कि कटअफ़ क्लियर नहीं करेंगे सारा कॉज बताकर किटअप कटअप क्लियर करने वाले हैं जिससे आप भी जो है कि आश्वस्त हो जाएंगे और आपको भी लगेगा कि नहीं हमने जो बताया है वो कटअप सही में एकूरेट होने वाला है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि बिहार अमीन भर्ती 2022 आ चुका है राजस्व भूमि सुधार विभाग में और जिसके लिए कोई एग्ज़ाम और कोई फी नहीं होने वाला है इसमें हम स्पेशल सर्वे अमीन की बात करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों जो योग्यता डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वालों का है उसका बात करने वाले हैं और इसमें फाइनल कटअप बना बताने वाले हैं कि किस आपके पॉइंट पर किस पॉइंट पर आपका सिलेक्शन होने वाला है तो एक चीज़ और बता दें कि पहले तो आपको पॉइंट निकालने आना चाहिए ठीक है पॉइंट निकालने का तरीका क्या है कि आपके जो मार्क्स हैं टेंथ का उसका 10 परसेंट आप निकालिए और जो आपका डिप्लोमा का एग्रीगेट मार्क्स है उसका 90 परसेंट निकालिए ठीक है ठीके? और दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो आ रहा है वो एल का आपका पॉइंट बन रहा है और उसी पॉइंट पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा देखिए काउंसलिंग लिस्ट की बात ना करेंगे क्योंकि बिहार में जितने भी कॉलेज है उसके सभी छात्रों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा क्योंकि काउंसलिंग जो है तीन गुना बुलाया जा रहा है जी हाँ दोस्तों जो सीटें हैं उसका तीन गुना यानी कि लगभग लगभग पच्चीस हज़ार के आसपास छात्रों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग में तो इस प्रकार से बिहार में इतने बच्चे नहीं हैं जो कि काउंसलिंग में भी सम्मिल हो सम्मिलित हो पाएंगे जी हाँ दोस्तों इतने बच्चे नहीं हैं जो काउंसलिंग में सरकार को उतना बच्चा मिल पाएगा लेकिन हाँ जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा उस उसके आधार पर ही आपका जॉब होने वाला है तो वो जानना बहुत ज़रूरी है और एक चीज़ और बताने वाले हैं कि इस बहाली में बेटिंग कैंडिडेट जो 2019 की बहाली में बेटिंग कैंडिडेट थे उनका होने वाला है कि नहीं होने वाला है वीडियो को पूरा देखिएगा यह मैं लास्ट में बता दूंगा। इसलिए पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ बहुत सारा एनालिसिस बहुत सारा मेहनत के बाद यह वीडियो बना रहा हूँ तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखिए यह पिछली बहाली का कटअप है जी हाँ दोस्तों जो दो, जो हज़ार उन्नीस में एलआरसी में नियुक्तियाँ आई थी तो वही यह वही पद है जो स्पेशल सर में अमीन का था डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वालों का था तो यह दिखाने का बस एक ही काज है जिससे आपको थोड़ा सा जो है कि ये अंदाज़ा मिल सके कि आपका सिलेक्शन इस पर होगा या नहीं होगा या इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है तो पहले बता दें कि जो पिछली बहालिया में था उसमें सीट जो था उनचास था और जिसका जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार कैटेगरी वाइज किया गया था ठीक है ओपन बोले तो 60 परसेंट में जो है कि कटअप जो है फाइनल मेरिट लिस्ट का गया था ये देख सकते हैं आप जनरल का तेरासी दशमलव सिक्स थ्री था ई डब्ल्यू का बावन दशमलव ग्यारह था क्योंकि ई डब्ल्यू उस समय जस्ट जनरल वालों को 10 परसेंट आरक्षण मिला था इसलिए ई डब्ल्यू एस का कटअप बहुत लो चला गया था और फीमेल में सारे लोग सेलेक्ट हो गए थे लेकिन इस बार इसका बहुत ज़्यादा जो है कि मार्क्स अप हो जाएगा क्योंकि अब लगभग लगभग सभी जनरल वाले जो है कि ई का सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं ठीक है वही बी और ई ई में वही आसपास रहेगा ठीक है डब्ल्यू की बात कर ले तो इसमें भी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा क्योंकि बिहार में कॉलेजों की संख्या भी बढ़ा है और लड़कियों में अब क्रेज़ बढ़ा है पहले के समय में होता था क्या कि सिविल ब्रांच में लड़कियां ही नहीं होती थी आ, करती ही नहीं थी डिप्लोमा लेकिन अब जो है कि इन लोगों में भी क्रेज़ बढ़ा है और हर कॉलेज में जो है कि छः सात आठ लड़कियां हैं ठीक है ठीके? और एस सी का भी कुछ इसी प्रकार से वेरेबल रहेगा चूँकि सीट बढ़ा है और कॉलेजों का भी संख्या बढ़ा है तो इसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होगा अब देख सकते हैं कि जो पास आउट गवर्नमेंट कॉलेज से थे उनका क्या कटम गया था चूँकि उस समय जो था कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के जो सरकारी कॉलेज के जो छात्र थे उनको ही आरक्षण दिया गया था इसलिए थोड़ा कम था लेकिन इस बार इसका ग्रो हो जाएगा क्योंकि इस बार जो है बिहार के सरकारी प्लस प्राइवेट कॉलेज दोनों को आरक्षण दिया गया है फोर्टी में इसलिए इस बार जो है कि थोड़ा बहुत जो है कि ग्रो हो सकता है लेकिन गुरु देखिए अगर सीट कम रहता ना तो गुरु बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाता, लेकिन सीट है इसलिए गुरु थोड़ा बहुत होगा। चलिए, शुरू करते हैं सॉरी तो चलिए अब जो है कि अब कॉज देखते हैं कि किस कारणों से जो है कि इस बार का जो कट ऑफ होगा वह ऊपर नीचे हो सकता है और क्या कारण है ठीक है ना सारा कॉज बताने वाले हैं जहाँ से आपको सारा कंठस्ट और सारा कुछ क्लियर हो जाएगा ठीक है बेटिंग वाले भी इस वीडियो को जरूर देखेंगे उनको भी इस बार इस बार जो है कि उम्मीद रखे या ना रखें उसका भी क्लियर हो जाएगा वो भी तो देखिए फ्रेंड्स यह जो है कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस पॉइंट uh, पे बनने वाला है जो फाइनल कटऑफ क्या होगा एल आर सी का वह uh, आप सभी के सामने शो कर दिया हूँ लेकिन इस पर आएंगे जल्द ही आएंगे पहले देख लेते हैं कॉज कि ऊपर नीचे जो होगा कट ऑफ वो किस प्रकार से होगा तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो पिछले मेरिट लिस्ट की अपेक्षा इस बार जो बढ़ने या घटने का कारण है क्या कारण हो सकता है सबसे पहला जो है कि अगर मेरिट लिस्ट बन रहा है तो उसमें कटअप घटने का कारण ये हो सकता है अगर घटे तो तो उसमें हो जाएगा तीन हज़ार दो सौ चौरानवे सीट जो कि अतिरिक्त है पिछले बहालियों से ठीक है ठीक है अब जो है कि कटअप बढ़ने का क्या चांसेस हो सकता है ये हो सकता है कि 40 परसेंट जो आरक्षण दिया गया था सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज के पास छात्रों को छात्राओं को लेकिन इस बार जो है कि उसमें बिहार के प्राइवेट छात्राओं को भी जोड़ दिया गया है तो यहां से जो है कि हो सकता है कि कटअप बढ़ सकता है किसका फोटी का ठीक है अब देखते हैं कि एक मुख्य कारण है कि जो पिछली बहालियों के बाद जो कोरोना आया और कोरोना के दौरान जिस प्रकार से कॉलेज में मार्क्स दिया जा रहा था या जो बच्चे कैरी हो रहे थे उनको भी प्रमोट कर दिया जा रहा था तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बच्चों के अब जो है मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं पिछले कुछ पिछले जो है सालों की अपेक्षा यानी कि दो हज़ार उन्नीस ये सब छात्र के जो है मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो हो सकता है कि इस प्रकार से जो है कि कट ऑफ हाई चला जाए अब कर जाए अब देखिए पिछले दो तीन सालों में नई बहालियाँ भी नहीं होने का कारण कोरोना के दौरान भी बहालियाँ नहीं आई है और अब तक बहुत सारा बहाली जो लटका हुआ है रेलवे की बाली भी देखिए तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है बिहार में भी कोई ऐसी बहालियाँ नहीं आई है जिससे कि बहुत सारे छात्रों का उसमें सेलेक्शन हो जाए तो कहीं ना कहीं सभी छात्र जो है अभी भी, भी, भी बेरोज़गार हैं और सभी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद जॉब प्रोफाइल ठीक है जॉब प्रोफाइल देखें तो अगर आ, मैं अपने आधार पे बताऊँ और अपने दोस्तों से जो बात हुई उनके आधार पे बताऊँ तो जॉब जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं है ठीक है अगर जो बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक ही करें इसमें जॉब में ना आए तो अच्छा रहेगा या किसी और चीज़ का तैयारी करे तो वो तैयारी करे इस जॉब में आएंगे तो समझिए कि लेबर से भी बुरा हाल होने वाला है आपको ऐसा ऐसा चीज़ बताऊँ कि मतलब आपको जो है कि जिससे खेत में पानी लगा हुआ है घुटने भर उस खेत में भी जाकर खेत उस ज़मीन का जो है कि मेजरमेंट लेना पड़ता है तो बहुत सारा चीज़ है जो कि और उसके बाद है कि विभाग से प्रेशर रहता है और यह चीज़ स्पेशल सर्वे हो रहा है तो मतलब कि समय पे काम करवाने के लिए भी जो है प्रेशर रहता है तो बहुत सारा है कि इसमें मानसिक तनाव ज़्यादा है और जॉब प्रोफाइल स्टैंडर्ड टाइप का नहीं है कह सकते हैं ठीक है कमाई जो है कि ऊपर नीचे हो सकता है यह जो है कि आपके क्षेत्र पर डिपेंड करता है आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है तो यहाँ देखें कि इस प्रकार से बहुत सारे छात्र फॉर्म नहीं भरेंगे जो पर, जो प्रोफाइल कुछ खास नहीं है पिछले बहालियों में पिछले सात सालों के छात्र ने फॉर्म भरा था देखिए 2011 में परमानेंट बहाली आया था वो भी बी के थ्रू लेकिन उसके बाद से बहाली आना ही बंद हो गया था ठीक है तो कहे का कहा जाए कि अगर दो तक के छात्र फॉर्म भरे होंगे परमानेंट बहालियों में तो सभी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा जो कि अब क्लियर किया था तो 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 तक के छात्र जो है 2019 के बालिया में फॉर्म भरे थे ठीक है ना तो लगभग सात या आठ सालों के छात्र इसमें फॉर्म भरे थे और उस समय बता दें कि उस समय कॉलेज भी कम था उस समय कॉलेज जो था कि जो 2015 तक कॉलेज जो था मात्र लगभग सरकारी कॉलेज 20 से बाईस था और प्राइवेट मिला दिया जाए तो अट्ठाईस से तीस कॉलेज था अट्ठाईस एवरेज था ठीक है ना अट्ठाईस कॉलेज था तो उस समय जो है कि अभी के मुकाबले जो है बच्चे भी कम पास हो रहे थे और बहालियाँ भी नहीं आई थी तो हमारे अंदाज से जो अभी तीन चार साल में थे है 2019, हज़ार उन्नीस बीस इन चार सालों में जितने बच्चे पास हुए हैं पिछले सेशन में यानी 2015 तक या जो 2018 तक जो पास हुए हैं 2018 तक जो पास हुए हैं मतलब उसमें जो है कि एक सेशन में मतलब दो सेशन में जितने बच्चे पास करते होंगे अभी एक सेशन में उतना बच्चा पास कर रहा है क्लियर कर रहा है तो कॉलेजों की भी संख्या बढ़ी है ठीक है लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा है क्योंकि मार्क्स बेसिस बहाली आने आ रही है पहले ऐसा नहीं होता था मार्क्स बेसिस बहाली नहीं आती थी जिसके कारण से जो है कि बच्चों का भी इंटरेस्ट उतना नहीं था ठीक है तो इसके कारण भी जो है इन्हांस हो सकता है कटअप में आ, बता दें कि इस बार चार साल के छात्र ही मतलब चार सालों के पास आउट छात्र ही भरेंगे जैसे मुख्य रूप से दो हज़ार उन्नीस अब बाईस में भी बताए तो लगभग थर्टी से फोर्टी जो है कि अंडर एज है जिस कारण से वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे अब देखिए कि अब जो है कॉलेजों की संख्या अभी ज़्यादा है पहले की अपेक्षा पहले कॉलेज इतना नहीं था पहले बता दूं कि दो तक जो भी छात्र पास किए हैं मतलब उनका एडमिशन 2015 में हुआ दो हज़ार तक जो कॉलेज था मात्र टोटल मिला दिया जाए बिहार में तो 28 से 30 था सरकारी प्राइवेट मिला दिया जाए तब ठीक है लेकिन अब बता रहे कि अब कितने कॉलेज हैं देखिए अब कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज चौवालीस है और प्राइवेट कॉलेज चौबीस है यानी टोटल देखा जाए तो सिक्सटी कॉलेज जो है बिहार में यानी सीधे डबल से भी बेसी हो गया है ठीक है ना यही दो हज़ार तक मतलब 2015 तक साल तक मात्र 30 कॉलेज था और अब जो है कि कितना कॉलेज हो चुका है तो सबसे ज़्यादा 2016 में 17 में बहुत सारे कॉलेज का उद्घाटन हुआ है तो बहुत सारा कॉलेज इसमें संख्या बढ़ा है अब जो कि मार्क्स बेसिस बहाली आ रहा है तो सभी छात्रों को पता है और वो जॉब लेने के कारण मार्क्स बेसिस पर सिलेक्शन होने के कारण ही वो लोग नामांकन करवाते हैं चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो ठीक है और कहीं ना कहीं जो है कि यह अच्छा चीज़ भी है कि जॉब लेना प्रायोरिटी होता है कोई भी चीज़ आप करते हैं कोई भी कैरियर कोई भी आप जो है कि एजुकेशन लेते हैं तो पहला प्रायोरिटी आता है कि जॉब हो जाए तो इस कारण से अभी मार्क्स जो है अप हो सकता है तो देखिए बहुत सारा कॉल्ज है जिस कारण से मार्क्स जो है कि यानी कटअप जो है कि अप हो सकता है अब कटअप के बारे में बताने वाले कि कितना कटअप जाने वाला है तो वीडियो को जरूर देखिएगा से से तो चलिए देखते हैं देखिए जो पिछला बहाली का कटअप था वो मैंने बता दिया आप लोग देख सकते हैं देखिए मैंने दो हज़ार बाईस की बहाली इस प्रकार कैटेगोरी आप देख पाएंगे और दो हजार उन्नीस में जो, जो सीट था, सीट, वो इस प्रकार है तो जो 2019 में जो सीट था उसका लगभग लगभग इस पर सीट ज्यादा है यह चीज ध्यान रखिएगा प्लस पॉइंट यह है किसेंट सीट ज्यादा है ठीक है लेकिन कॉलेज भी दोगुना हो चुका है मतलब ये दोनों अगर देखा जाए कि अगर सीट ज़्यादा है कॉलेज भी दोगुना हो चुका है तो पिछली बहालियों की अपेक्षा इस बार जो है कि थोड़ा मेंटेन कर दिया है दोनों ठीक है और इस बार मार्क्स भी लोगों को ज़्यादा आ रहा है तो कटअप जो है कि हाई जाने का पूरा चांसेस है तो देखिए मैंने बनाया है ओपन में सिक्सटी में सिक्सटी में मैंने बनाया है कि अनरिजर्व में एट्टी जाएगा और बता दें कि मैं आ, अपने एनालिस और अनुभव के आधार पर बना रहा हूं इसलिए एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है तो आप एक दो नंबर का जो है कि ये लेकर चलिएगा माइंड सेट करके चलिएगा कि हो सकता है कि एक दो नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा ठीक है ना तो अगर एक दो दो नंबर ऊपर नीचे होता है तो मान लेते कि अनरिजर्व का अगर दो घटता है तो अस्सी आ जाएगा बढ़ेगा तो चौरासी हो जाएगा ये चीज है ई डब्ल्यू एस का सत्तर है चूँकि पहले बता दिए कि ई Uh, उस समय uh, 2019 में ही इन लोगों को जो है 10 परसेंट आरक्षण मिला था तो इसलिए बहुत सारे लोगों के पास ई डब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं था लेकिन अब सभी लोग ई डब्ल्यू का सर्टिफिकेट बना लिए हैं इसलिए कट कटअप हाई जाने वाला है बीसी का देख ले 79 परसेंट जाएगा और ई डब्ल्यू ई वी का 78 परसेंट और डब्ल्यू जो कि जो बैकवर्ड कास्ट की महिला है उनको मिलता है आरक्षण सिक्सटी थ्री परसेंट जाएगा और एस की बात कर ले तो 70 परसेंट और एसटी की बात कर ले तो इकहत्तर परसेंट जाएगा क्योंकि एसटी का सीट कम है लेकिन हर साल तो उतना बच्चे पास करते ही है ना सब जगह आरक्षण समान है तो इस प्रकार से जो है कि इकहत्तर जाएगा इस प्रकार से ठीक है अब देखिए इन सभी में आप दो नंबर ऊपर नीचे कर लेंगे क्योंकि हो सकता है कि आ, उस समय थोड़ा दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है अब देखिए एक चीज़ बता दे, देते हैं कि मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह बहुत ज़्यादा अब काहे नहीं किया हो। ये कि देखिए पिछले बहाली में बहुत सारे छात्र फर्जी भी भर दिए थे और उनका सिलेक्शन भी हो गया था और सारे फ़र्जी जो डिग्री लेकर आए थे उनको उनका 95, 98, 99 परसेंट तक नंबर था इसके कारण से भी अप गया था ओपन में लेकिन इस बार अब नहीं होने वाला है अब पहले से जो है कि सारा विभाग को पता है कि कितनी यूनिवर्सिटी जो है फेक है या कितनी यूनिवर्सिटी जो है कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग नहीं करवाती है या कितनी यूनिवर्सिटी है जो कि ए, ए, ए से अप्रूवड नहीं है ये सारे चीज लगभग लगभग पता है विभाग को इसलिए इस बार फर्जी जो है कि पहले ही काउंसिलिंग के दौरान ही उसको छाड़ दिया जाएगा वह मेरिट लिस्ट तक नहीं फाइनल मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुँचेंगे इसलिए दूसरे यूट्यूबर की तरह मैं बहुत ज़्यादा अप नहीं किया हूँ अब देख सकते हैं और भी यूट्यूबर को यूट्यूबर का मैंने देखा है अब जाकर देखेंगे वो चौरासी परसेंट बताए हुए हैं पचासी परसेंट छियासी परसेंट ऐसे बताए हुए हैं तेरासी परसेंट बता लेकिन मेरा नहीं है आप देख पाएंगे अब फीमेल की बात कर ले तो अन में सेवेंटी चला जाएगा और ई में लगभग लगभग ऑल सेलेक्ट हो जाएंगी ईडब्ल्यूएस की सभी महिलाएं, बीसी में सिक्सटी वन जाएगा ईबीसी में अंठावन जाएगा और डब्ल्यूबीसी में सभी लोग सभी महिलाएं सिलेक्टेड हो जाएगी और एस का सिक्सटी टू जाएगा और एसटी का सिक्सटी वन जाएगा ये जो है फीमेल का है ठीक है अब बात कर ले कि जो बिहार के कॉलेज से अब तो बिहार के जो भी कॉलेज हैं या प्राइवेट हो या सरकारी हो सभी को आरक्षण मिल रहा है तो ये चीज़ देख लेंगे कि थोड़ा सा जो है कि यहाँ पे बैलेंस रहेगा और थोड़ा सा अप जरूर रहेगा ठीक है तो देखिए कि यहाँ पे जो है कि जनरल वालों का 75 फाइव परसेंट जाएगा कटअप और इसमें 2 परसेंट का इन्हांस हो सकता है या डिक्रीज हो जाए इंक्रीज हो जाए ये चीज़ आप माइंड सेट कट करके चलेंगे ठीक है ना लेकिन इसी के इर्द गिर्द रहेगा इससे ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम रहेगा ये चीज़ ध्यान रखिएगा अब ई डब्ल्यू एस की बात कर ले तो पैंसठ परसेंट जाएगा बी सी की बात कर ले सेवेंटी टू जाएगा अब ये बात किसका कर रहे हैं हम बिहार के छात्र छात्राओं की बात कर रहे हैं यानी बिहार के जितने भी एस से टी अप्रूव्ड कॉलेज है या सरकारी हो या प्राइवेट हो उनके छात्र उन छात्रों की बात कर रहे हैं उनका कटअप क्या जाएगा आप देख लेंगे ठीक है अब ई की बात कर ले तो सेवेंटी जाने वाला है ठीक है और बात कर ले कि डब्ल्यू तो सिक्सटी जाएगा और एस सी की बात कर ले तो 68 जाएगा और एस की बात कर ले तो 69 जाएगा तो इस प्रकार से जो है कि बिहार के एसबीटी बी अप्रूव्ड कॉलेजों का जो है कि कटअप रहने वाला है और इसमें हो सकता है कि दो परसेंट ऊपर नीचे चला जाए अगर दो परसेंट ऊपर नीचे जाएगा तो आप देख सकते हैं कि जनरल वाले का 77 परसेंट चला जाएगा अगर अप गया तो लो गया 73%. तो सेवेंटी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो तो इस बार जो है कि एक तो सीट ज़्यादा है लगभग 70-80 परसेंट पिछली सीट पिछले बहाली के मुकाबले सीट ज़्यादा है लेकिन इस पर मार्क्स भी छात्रों को बहुत ज़्यादा उठ रहा है ठीक है कॉलेज भी कुछ ज़्यादा है और इस बार 40 परसेंट में प्राइवेट कॉलेज को भी इंक्लूड कर दिया गया है इसलिए 2 परसेंट अप या डिक्रीज हो सकता है अब देख लें कि ई की बात करें तो अगर दो परसेंट अप गया तो सिक्सटी सेवन जाएगा और लो जाएगा तो सिक्सटी थ्री जाएगा वही बीसी की बात कर ले तो अप जाएगा तो सेवेंटी फोर हो जाएगा और लो जाएगा तो सेवेंटी हो जाएगा वही एबीसी की बात कर ले तो अप गया तो सिक्सटी सेवेंटी थ्री हो जाएगा लो गया तो सेवेंटी सॉरी सिक्सटी नाइन हो जाएगा और बी की बात कर ले तो अप गया तो सिक्सटी और लो गया तो सिक्सटी थ्री जाएगा और एस सी की बात कर ले तो अप गया तो सेवेंटी चला जाएगा और लो गया तो सिक्सटी सिक्स जाएगा और एस टी की बात कर ले तो अप गया तो सेवेंटी वन और लो जाएगा तो सिक्सटी हाँ सॉरी सिक्सटी सेवन चला जाएगा तो इस प्रकार से जो है कि आपका फाइनल कट कटऑफ बनने वाला है 2022 अमीन विशेष सर्वेक्षण अमीन की नियुक्ति के लिए ठीक है ना ठीक है आई होप कि सारा डाउट आपका स्पष्ट हो चुका होगा मैं सारा पॉइंट पे चर्चा कर दिया हूँ कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचा है जिसपे हमको लगता है कि चर्चा करना बचा हो सारा कॉज बता दिए हैं कि क्यों अप लो हो सकता है तो ये चीज़ ध्यान में रख के चलिएगा अब बात कर ले बैटिंग वालों का तो बैटिंग जिनका भी सेवेंटी परसेंट या सेवेंटी परसेंट से एक परसेंट ऊपर या एक नीचे है तो वही अपने आप को लेकर चले कि उनका होने वाला है ठीक है जनरल तो आप आप क्लियर कर लीजिए कि जनरल वाले जो भी हैं उनका तो नहीं होने वाला है इस बहाली में ठीक है ना जो बेटिंग में है लेकिन हाँ जो भी एस सी में है जो रिज़र्व कैटेगोरी में है उनका अगर सेवेंटी के आसपास है तो वो उम्मीद लेकर चल सकते हैं लेकिन हम बताएंगे कि सेवेंटी से बहुत ज़्यादा नीचे हैं तो आप उम्मीद करके कर ना चलिए फॉर्म भरना है भरिए लेकिन उम्मीद करके कर नहीं चलिए ठीक है आई होप कि आ, आ, मैं सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया हूँ और बिना फालतू का उम्मीद देना सही नहीं है क्योंकि अगर बाद में उम्मीद टूटेगा तो आप मुझे गली आएंगे तो ऐसा कुछ उम्मीद नहीं देने जा रहा हूं चलिए आपसे एक रिक्वेस्ट आएगा कि बहुत ज़्यादा समय लगा है इस वीडियो को बनाने में क्योंकि देखिए बहुत सारे यूट्यूबर बहुत पहले हैं जो है कि कुछ भी बना दे दिए हैं लेकिन समय लिए हैं और बहुत सारे एनालिस किए हैं बहुत सारा जगह से नॉलेज गेन करके आप सभी के लिए बनाए हैं बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपना प्यार दे दीजिए उम्मीद करते हैं कि यह जो है कि जो कटअप मैंने बता बनाया है फाइनल मेरिट लिस्ट का यह आप सभी को सही लगेगा और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद